चाहे रहो दू चाहे रहो पाप सुन लो मजर एक बार एक बार चाहे रहो दूर चाहे रहो पा सुन लो मजर एक बाकी एक एक एक से बलो भी सनम किसी दिन हमारे साथ तो है अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा हम भी कुछ कम नहीं है अब पीछे पीछे आएंगे बनाएंगे अपना बनाके ले जाएंगे ले जाएंगे, ले जाएंगे। जल <laughs> रू चाहे रहो, दूर। रहो ओ मेरी चंचल पवन बसंती करो नहीं यू बेकरार यू ओ मेरी चंचल पवन बसंती करो नहीं यू बे में आना होना तुप आखिर जाल बिलता में आओ गिन चुंद तुमसे तुम तुमसे बा चाहे रह गुरु चाहे रह पा दी दी दी दी एक की सनम किसी भी हमारी बात जाहिर दूर